after the things you want. जबरदस्त कहानी मुझे किया मैंने रात को. तो के अंदर क्या होता है आज कल कुछ रोड रनर ऑर्गेनाइजेशन है जो रेस ऑर्गेनाइज करती है सैटरडेज एंड संडे साइकिल रेस होती है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 तो मैंने कहा चल लेके आते हैं कुछ खाने का हम तो ही और में मिले साला लेते हैं यार। तो मुझे बहुत बड़ी लाइन मैंने उसको बोला फ्री है बोला मुझे लाइन में लगना नहीं मुझे एक बात समझ में आई तो उसने